मूवी का पार्ट संघ और सॉन्ग के बाद और एक सॉन्ग का पोस्टर आउट किया गया जुण जुण गाने हो रहा है ये सॉन्ग मसूर सिंह जूली नाने वाला है इस सॉन्ग का नाम रखा है ऊर्जा ये सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग होने वाला बात करें इस सॉन्ग की पंद्रह नवंबर को टी सीज अपने चलने